भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी सबसे प्रतिष्ठा वाली नौकरी आईएएस किसको पसंद नहीं है जिंदगी में एक बार कलेक्टर की गाड़ी का सपना हर कोई देखता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि आईएएस का सपना देखना चाहिए या नहीं क्योंकि अगर सपना कोई भी हो पूरा नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट बताएँगे कुछ टिप्स बताएँगे जिन्हें जज करके आप ये जान सकते हैं कि आए इसका सपना आपके लिए है या नहीं वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का बटन दबाइए तीन ऑप्शन खोलेंगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे चलिए आसान भाषा में आज कुछ अच्छा सीखते हैं सबसे पहली बात आपके अंदर जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर आप मोटिवेट नहीं होने चाहिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको आई बनना है दूसरी बात जब आप आई की तैयारी शुरू करें तो आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर वो एटीट्यूड ऑफ लाइन आप आई अफसर हैं आप ये मान लीजिए कि आप आई अफसर हैं आपको सिर्फ साबित करना है बस सबसे जरूरी बात ये हर सपने पर लागू होती है आप कोई भी सपना देखिए आपका कोई भी लक्ष्य हो वो सब को आकर्षित करता है लक्ष्य अक्सर आकर्षित करता है लेकिन आपको प्यार किससे होना चाहिए आपका आकर्षण किसकी तरफ होना चाहिए उस लक्ष्य की तरफ नहीं आपको लक्ष्य की तरफ आकर्षित नहीं होना लक्ष्य को सिर्फ देखना है ध्यान रहे आपको उस रास्ते से प्यार होना चाहिए जो रास्ता आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा यानी अगर आपको आई बनना है तो आपको पढ़ने से प्यार होना चाहिए क्या पढ़ने से प्यार होना चाहिए आपको कहानियां नहीं पढ़नी, आपको जो आई का सिलेबस है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसे पढ़ने में आपका मन लगना चाहिए आपका पढ़ने में मन लगना चाहिए अगर पढ़ने में मन लगता है तो आई के सिलेबस में भी आप मन लगा लेंगे दूसरी बात जो आई बनने के लिए बहुत ज़रूरी है वह निरंतरता आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा आप मिस नहीं कर सकते तीसरी बात आपको सोसाइटी में इंटरेस्ट होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा यानी आपको अखबार पढ़ने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए न्यूज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए बार-बार क्यों कहता होगा अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे अखबार में पढ़ेंगे तो आप आई के एग्ज़ाम में कुछ भी अच्छा लिख नहीं पाएंगे आई के एग्ज़ाम में आपको पता चाहिए सब्जेक्ट है उसे आप बिना अखबार पढ़े कवर नहीं कर सकते तो फालतू के मोटिवेशन की बजाय आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पढ़ाई में मन लगना चाहिए सोसाइटी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए समाज में क्या हो रहा है न्यूज़ पढ़ना आपको पसंद होना चाहिए न्यूज़ देखना आपको पसंद होना चाहिए और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए आपका दिमाग एनालिस वाला होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपको आई बनाता है अगर आप समाज के हित में हैं समाज के हित में कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप आई के क्षेत्र में कदम रख दीजिए कलेक्टर की कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है